स्वागत है आपका आज आज हम लोग फेस कैम वीडियो लाए हैं एक बार नई वीडियो के साथ ही ये मेरी शकल को देखो ये आंख को मत देखना ये वाली आंख इसका कारण क्या है रात को मैं और चीटी यार बढ़िया टपा टप तप गपा गप कप कर रहे थे फिर क्या हुआ अचानक मैं चीटी से बोलता हूँ यार पुच्ची दे उसने गलती से मेरे इधर इधर पुच्ची ले ली बस क्या करता यार पुच्ची का अंजाम देख रहे हो कि आँख पकौड़े की तरह फूल गई और क्या ही करता मैं आखिर तो यार छोड़ो इस बात को तो मेरा चेहरा देखने के लिए तुम्हारा दिल से धन्य बात अगर नहीं देखा हो तो एक बार वीडियो को पूरा देखें और शेयर करो यार कमी दोस्तों को या किसी और को भी करो और इस, इसको बताओ यार कैसे सही करूं यार ये पुच्ची लेने का नतीजा आज इतना हो रहा है मेरे मैं और कुछ नहीं बोल सकता तो बस आज की बस इतना ही फेस कैम वीडियो के साथ मिलना था लव यू दिल से लव यू सबको जय हिंद जय भारत भाई, भाई मिलते हैं एक और नई वीडियो में आज की वीडियो सिर्फ मेरी फेस वीडियो थी देखते हैं और क्या होता है भाई बंद करता हूं मैं अब